हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विथ रेखा पहाड़िया आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत स्पेशल साबूदाने की खीर की रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है तो आइए बिना कोई देर के रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा लीटर दूध ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है आपको भी फुल क्रीम दूध ही लेना है इससे आपकी खीर बहुत ही अच्छी बनेगी इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक ग्लास पानी इससे हमारी खीर अच्छे से बैलेंस हो जाएगी वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी अब हमें दूध में अच्छे से उबाल आने देना है ये देखिए हमारे दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है अब हम इसके अंदर डाल देंगे भिगे हुए साबुदाने ये साबुदाने मैंने रात भर भिगोए हैं आप भी रात भर भिगोए हैं आप भी चाहें तो इन्हें रात भर भिगो सकते हैं अगर आप रात में भिगोना भूल गए हैं आपको जल्दी बनाना है तो आप साबूदानों को घंटे भर पहले भी भिगो सकते हैं लेकिन साबुदानों को भिगाने की एक अच्छी ट्रिक होती है आप साबुदानों का लेवल जितना लेते हैं उससे एक इंच ऊपर ही आपको पानी का लेवल लेना होता है इससे होगा ये कि आपके साबूदाने बिखरे बिखरे रहेंगे इससे आपकी खीर और खिचड़ी जो भी आप बनाए साबूदाने से वो बहुत ही अच्छी बनेगी दिखने में भी और खाने में तो बनेगी ही है अब हम सारे साबूदाने को इस दूध के अंदर डाल देंगे और हम इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे खीर को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही बनाना है क्योंकि हमारे साबूदाने भी बिगे हुए हैं और दूध भी उबला हुआ है अब हम इसके अंदर डाल देंगे केसर के तार हमें केसर के तार स्टार्टिंग में ही डाल देने हैं ताकि हमारी खीर का कलर जो है वो अच्छा आ सके अब हम एक बार इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मुश्किल से पाँच से सात मिनट का ही टाइम लगेगा हमारी खीर को बनने में दूध बॉईल होने के बाद देखिए अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी ये मैंने एक कटोरी चीनी ली है जो कि लगभग दस से ग्यारह टेबल है अब हम इन अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए से साथ साथ ही का हम अंदर डाल देंगे पाउडर मैंने यहाँ दो इलायची का अच्छे से बारिक पीस लिया है ये देखिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी खीर ऑलमोस्ट बनकर रेडी है आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं हमें इसे थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट बाद में आपको बताऊंगी कि हमारी खीर जो है पहले से कितनी गाढ़ी हो चुकी है इसका टेक्स्चर बताऊँगी अभी आप देख लीजिए इसी हमें इसे थोड़ी सी लिक्विड ही रखना होता है ये देखिए 10 से 15 मिनट बाद हमारी खीर का टेक्सचर ये पहले से भी हल्की सी और गाड़ी हो गई है इसीलिए हम इसे थोड़ा सा लिक्विड रखते हैं स्टार्टिंग में ताकि एकाएक गाड़ी ना हो अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा आपको मेरी अदर रेसिपीज की लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आप मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय थैंक यू